Oh, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? लोग तो आज हम दोबारा से के लिए जा रहे हैं Forza Horizon 5. Well, तो अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर रेस ट्रैक पे भी आ चुका हूँ और एक बार आप लोग इसकी लुक यहां पर आने के बाद देखो भाई ये इंटू फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है पीछे की जो फ्लेम्स हैं और आगे के ये जो लोगोज हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं रेट्स को फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं फुल स्पीड में किसी नियर बाय रेस इवेंट में और चल के वहां पर भी मचाते हैं तो भाई यह yeah! ड्रिफ्ट के साथ शुरुआत और आज भी मौसम काफी ज्यादा सही हो रहा है वैसे कहा इस गेम का मैप मैं आपको दिखाता हूँ ये बहुत ज्यादा बड़ा मैप है वेट इस टाइम हम लोग यहाँ पर हैं और आगे आगे तक दूर दूर तक हाईवे ही हाईवे और ऑफ रोड ये देखो जैसे ये टॉप माउंटेन है इस तरफ में एक एयरपोर्ट है इधर एक स्टेडियम है ये रहा एयरपोर्ट जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी की टॉप स्पीड चेक कर सकते हैं बट मुझे वहां पर जाना नहीं है बाकी ये कोई बहुत बड़ा टाउन या कोई सिटी है शायद आगे चल के यहाँ पर भी रेस होंगे फिलहाल अभी एक रेस यहाँ पर हो रहा है मैं इस वाली रेस में चलता हूँ ये एमरल्ड सर्किट का कोई तो बहुत खतरनाक रेस है यहाँ पर जल्दी से अपना गूगल मैप का भी पॉइंट लगाते हैं और जल्दी से आराम से गेयर डाउन करी और अभी लगने वाली एक ड्रिफ्ट यह लेट्स गो बर्न आउट लग गया ठीक है फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं फुल स्पीड में भगा के उस इवेंट पे पहुंचने वाला हूँ सारी ऑडियंस एकदम फुल खुश हो जाते हैं भाई अब अपनी गाड़ी को देख के बट यार मुझे ज़्यादा खुशी नहीं है क्योंकि जब तक फुरारी या फिर भुगाठी वगैरह नहीं आ जाएगी तब तक यार उतना मजा नहीं आने वाला बट फिलहाल के लिए एक आज ठीक है और अगर मैं बात करूं कंट्रोलिंग की तो शायद मेरा हाथ अभी कंट्रोलिंग पे बहुत अच्छे से बैठ गया है और हो सकता है इसके पीछे का रीजन ये भी हो कि यहाँ पर अभी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है अभी नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हु हुआ मस्ती मस्ती में कैमरे में देखने के चक्कर में, में भी बैंड बच जाते बट ठीक है आराम से हमने अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल ली है और जो सामने दिखा रहा है ना डेस्टिनेशन फाइव हंड्रेड पे वही है अपना मेन पॉल तो भाई ये वाले बंदे गलत ही चलाते रहे थे यार इनसे थोड़ा बहुत बच के रहना चाहिए क्या ठीक है अभी मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ फटाफट फड़ से हम लोग रेस को स्टार्ट करते हैं सोलो रेस लेट्स गो गाइस तो अभी मैं अपनी गाड़ी को रेस नंबर वन में लेकर आ चुका हूँ well, तो ये एक 3 रेस होने वाला है जिसमे हम सभी रेसर को इस ट्रैप पर टोटल तीन चक्कर लगाने हैं और जो सबसे ज्यादा आगे रहेगा वही इस रेस को जीतने वाला है बाकी बहुत रास्ता है बहुत अच्छी अच्छी कार्स एक सेकेंड हेलो ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ कर रहा हूँ एक्चुअली जैसे हम लोग रेस वोटल पुष्ट करते हैं गाड़ी पर्टिकुलर स्पीड परियरअप करना होता है फिर गाड़ी अपनी नेक्स्ट स्पीड पर पहुंचती है फिर हमें गेयर अप करना होता है तो मैं वही गेयरअप करना भूल गया और टोटल ट्वेल्व प्लेय का रेस है जिसमें से अभी अपना रैंक 12 चल रहा है कितनी ज़्यादा अच्छी वाली बात है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये थ्री लाभ का रेस है हम लोग ईजिली इन सभी लोगों को पीछे करने वाले हैं अगर कोई चेक पॉइंट मिस ना हो कहीं पर अपना एक्सीडेंट ना हो तो बाकी आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब गाड़ी सिक्स गेयर तक जा सकती है तो सीधा गाड़ी को ओ, ओ, वेट, वेट, वेट, वेट, वेट, वेट, हाँ तो सीधा गाड़ी को सिक्स गेयर पर क्यों नहीं ले जाते तो उसके पीछे का रीजन मेरे भाई यही है कि गाड़ी जितनी ज़्यादा हाई गेयर पर रहेगी ना उसे टर्न करने में उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है मतलब हाई गेयर पे जाती गाड़ी ना मुड़ना बहुत कम देती है मतलब बहुत धीरे धीरे मुड़ती है इसीलिए डाउन गेयर पे चलाना मस्त रहता है लेट्स गो बहुत अच्छे से हमने गाड़ी को मोड़ा है यहाँ पर बट अभी भी पोजीशन ट्वेल्थ ही चल रही है तो ये अपनी रेस का लास्ट लैप चल रहा है और फाइनली मैंने लैंपॉपनी वाले बंदे को ओवरटेक कर दिया और मेरी रैंक ट्वेल्व हो चुकी है बस ये अगर ओडी वाला बंदा भी मैं पीछे कर दूँ तो अपनी रैंक टेंथ हो जाएगी बट यही मेरी एक कमजोरी यही है कि मैं इस कार से ना अच्छी ड्रिफ्ट नहीं मार पाता हूँ जैसे-जैसे मैं बहुत ज्यादा पीछे हूं, लेट्स हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा प्यारा टर्न दिया है आ, भाई ऑडी वाला बंदा बहुत ज्यादा आगे चला गया है बट ठीक है यहाँ से एक प्यारा सा टर्न दूंगा मैं बस बस बस बस बस इतना बहुत है लेट्स को गाड़ी राइड ये बहुत से एरिया मैं अपनी गाड़ी को एटलीस्ट फिफ्थ गेट पर यहाँ पे ले जा सकता हूँ अगर कोई टर्न ना आए तो डन गाड़ी गई फिफ्थ पे और इसके साथ ये ओवरटेक होने वाले हैं भाई साहब ये दोनों लोग तो पीछे होने का नाम ही ले रहे हैं बट यार ये काफी ज्यादा सही मौका है और फाइनली मैंने एक और बंदे को ओवरटेक कर दिया है अब बारी है इस आउटी वाले की इसको ओवरटेक करते ही मैं हुए पोजिशन पे आ जाऊंगा बट यार उसकी गाड़ी मेरा स्पीड बहुत ज्यादा और लेफ्ट को ओके डन अभी बस यहाँ से एक अच्छी टर्निंग देनी है लेट्स को यहाँ से प्यारा वाला लेफ्ट मोड़ना है सिक्स रैंक आ चुकी है पर थोड़ा सा गेम पे फोकस करता नहीं गया होता तो हम लोग फर्स्ट या सेकेंड तो आते ही आते Guys, अगर मुझे पता होता ना कि इस रेस को हारने के बाद सची में इतना ज्यादा बुरा लगेगा तो या तो मैं इस रेस को खेलता ही नहीं या फिर मैं स् रेस में हारता ही नहीं बट यार ठीक है पुरानी रेस का गुस्सा उतारने के लिए ना मुझे भी एक रेस और मिली है तो फटाफट फड़ से मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ वहीं पर लेकर जा रहा हूँ पता नहीं यार वो कैसा रेस होने वाला है कैसे कैसे रेस आने वाला है। इतना जरूर पता है की जीत तो कर ही पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर अपना नेक्स्ट रेस स्टार्ट होने वाला है लेट्स गोटिनेशन ठीक है वाला है जिसमे बहुत ज्यादा तकड़ी तकड़ी कार्स आई हुई है यहाँ पे नॉर्मल कार्स स्पोर्ट्स कार्स है एसयूवी कार्स है और भी बहुत ज्यादा अलग-अलग टाइप के व्हीकल्स हैं और हम लोग इनकी तो स्टार्टिंग में ही बैंड बजाने वाले हैं 12 रेसर्स हैं और अपनी रैंक 7th चल रही है भाई लास्ट टाइम तो तुमने मेरे को हरा दिया बट अभी यहां पर मुझसे कोई नहीं जीत के वाला साइड साइड साइड बेटा हट जाओ ओए आगे कौन लेकर जा रहा है रिक्शा <laughs> ये रिक्शा नहीं है गाइस एक्चुअली बहुत पुरानी जमाने की बुगाटी एसआर से ये कोई तो विंटेज स्पोर्ट्स कार है और वो फर्स्ट पे है भाई बेइज्जती कर रहा है इस टाइम तू 1 मिनट रुक जाओ हटाओ इसको इसको टाइम आ चुका उसको ओवरटेक करने का मेरे को सिक्स गियर डाल देनी चाहिए या फिर फिफ्थ पे रहूं क्योंकि अगर आगे अचानक से कोई शार्प कट आया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है जैसे एक किए था ना अगर हल्की सभी गड़बड़ हुई तो फिर सिक्स गियर पे आउट ऑफ कंट्रोल जाती है मैं आ चुका हूँ सिक्स गेयर पर बट बहुत ज़्यादा ना संभाल के चलानी है क्योंकि गाड़ी में हल्की सी भी टर्निंग इस टाइम पर एक बहुत भारी नुकसान कर सकती है मैं बहुत ज़्यादा प्यार से चलाने वाला हूँ अपनी गाड़ी को क्योंकि मैं फर्स्ट पोजिशन पर हूँ थर्टी फाइव परसेंट प्रोग्रेस यानी थर्टी सिक्स परसेंट का रास्ता हमने कम्प्लीट कर दिया है वैसे गायस मुझे लगता नहीं है कि दूर दूर तक मेरे ओ वेट भाई ये लोग मेरे पीछे ही हैं मैं सोच रहा था कि मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ बट शायद ऐसा नहीं है ये मेरे एकदम साथ साथ ही चल रहे हैं बिल्कुल प्यार से मुझे यहाँ पर टर्निंग करनी है एंड थोड़ा बहुत गे, नहीं, नहीं गेयर में डाउन नहीं करने वाला यार डाउन करने के गा। यार डाउन चक्कर में एक्सीडेंट होगा क्या मस्ती नहीं करनी अभी जो कट्स है वो काफी ज्यादा शानदार आ रहे हैं तो चुप चाप आराम से टर्न करते हैं तो इसी के साथ अपना रेस जो है कंप्लीट होने वाला है एकदम मस्त तरीके से मैंने रेस एंड कर है बटिया फर्स्ट आए हैं हम लोग इस रेस में ठीक है नेक्स्ट रेस तो किसी हाइपर कार से खेलने टूर्नामेंट खेल, तो खेल पाएंगे नेक्स्ट में पक्का मैं नई सुपर कार के साथ बाकी आई होप आपको आज की वाली गेम की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक करना चाह को सब्सक्राइब करना कॉमेंट में जाकर जरूर बताना आपको बेस्ट रेस कौन सी लगी और गाड़ी की पेंट और मॉडिफिकेशन कैसी लगी? एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय